बहुत ही ठंडेगी, है ससुरमा डारेगी अगर काफ बे को इंतजाम ना बहु चलो वरम प्यारे के घर पे देखे जाएगी क्या कैसे तो इंतजाम है वो। यार यार अरे ठंड लग रही है तो बताओ भैया ने ने ससुर इंतजाम तो करो तू नहीं घर के तो तो तो के ना जा कैसे हम नहीं जाए का भैया यार, यार। वो तो चले गए गएंगे यार अपनो ठंडे में काम करने वो रही होगी मेरी मेरी मेरी अरे अरे अरे आते ही करो काम काम जल्दी जा बाकी और भाई के कट जा ये रे मत मत रुक तू रुक, यार बोटी काट करोटी दस दे मेरी तो तो मेरी ही कर देख तेरी इसलिए हम लोग हम लोग एक ठंड के ऊपर अगर आपको तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारा ये नया चैनल है और आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अच्छा आ, कर पाएंगे इसीलिए आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा थैंक यू